बचपन से ही मेरी कला थी समझ ना आता था कुछ इसलिए कविता से सला दी। दिन शब्दों का हुआ को भरने में हुआ सारा दिन करने को कुछ नहीं तो रात को मैं तैरने को नहीं आता था तब कश्तियाँ डूबी थी आज बेटा कश्तीने पर जी रहा हूँ ताला दिन शौक लिखने का मुझे से था पाँचे भी लिखता था मैनों के आखिरी शब्दों को रैम्स करके लिखता और सोचू यही कविता इससे आगे कुछ नहीं लेकिन आज ऐसा तो है ये टैलेंट पूरे विश्व का मैं बचपन में जिस उसकी कला का शिष्यता वो कला ही में बदल के बनी मेरी का पर में किसी तरह बन के एक दिन तू भी गाने समाधान में तु तरह गाना जल्दी डालू लिखने बेटा ये बुन रहा बहुत सारे सोच के सबोगे सच ही दिलासा देती गाना और बना आज का का मैं मैं गायक और कल सितारा, अपने रखे खुद के पे निखारा, बंद संगीत से बढ़ती जो खुद को भविष्य दिखा रहा आज का मैं गायक और कल का मैं सितारा खाबू अपने रखे खुद के पल को पे निखारा, बंद संगीत से लिखा सा भविष्य दिखा अभी जितने बातें बोली मैंने सब मेरा भ्रम था ख्याली पुलाव मेरा कुछ ज्यादा ही गर्म था सोच राके मिलेगा फल मुझे बिना गर्म का ढूंढली में में तो मैं चला था बदलने अपनी कुंडली तो चाहिए को शायद वो नसीब को मैं भले छुपू कहीं भी आके ढूंढ लेती मैं भले छुपू मुख से मुँह ले अंदर बात रहती मैं बचपन से करता आ रहा हूँ राह पहले की अंदेखा करता था जिससे बात आके कहती थी जो एक दिन तेरी करमकह के तेरी लेगी सबसे गड़ी मेरी बुरी या आज लिखता, जो पहले आसमान में दिखता था आज वो भविष्य दे रहा था नाकामी नजरों से गानों से बदल दूंगा लोगों का यह नजरिया में गानों की कमी नहीं है गाने बनते बहुत सारे लिखने को भी बहुत जैसे समाला खुद को चोट गा के गाना बनता जब भी आता एक ही सवाल के उतारने को गाना ताला लाऊ तो मैं कुछ खुद के पैसों कुछ घर से रापता में और समय कांड करते वक्त डर से कापता में लगता है कि ये ठीक नहीं इससे बेहतर भी सही क्योंकि में। वो पैसा बाप का है। में नहीं। में कर रहा वो जो मिला ऐसे के ना होने के बराबर माँ को दुख देने का गुना में जो करा अगर तो धड़ पूरा हफ्ता जो चलाती दो सो के पगार पर आके होती ना आया रोनी के बनेगा कर अब हर बुरे को मैं का में करता पूरी कोशिश पर आखिरकार गाली रैप में ही घूस जाते शायद में कभी उतना बड़ा रैपर बन न पाऊ फिर भी मैं लिखा अपना हारे करना गाऊ राय से नाम मेरा मेरा जब तक के राख बन के गंगा मे ना जा आज का मैं गायक और कल को भी मैं गायक धन्यवाद उनको जो बने मेरे सहायक मन का राग में बदल के भरते कागज कामयाबी तब मिलेगी जब मैं उसके लायक आज का मैं गायक और कल को भी मैं गायक धन्यवाद उनको जो बने मेरे सहायक मन का राग में बदल के भरते कागज कामयाबी तब मिलेगी जब मैं उसके लायक